भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आसानी से आप अपने किसी भी राज्य के राशन कार्ड आवेदन कर सकते हैं इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिस जिसपे आप लॉगिन पासवर्ड लेकर के आप स्वयं का अपना राशन कार्ड बना सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कि अब आप अपना नया राशन कार्ड किस प्रकार से 2022 में अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पे आना होगा आने के बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट इस तरीके से आपको दिखेगी इसके लिए आपको ये सिंग इन या रजिस्टर यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पब्लिक लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है पब्लिक लॉगिन पर जब आप पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा इस पर आप आधार के थ्रू भी आप कर सकते हैं और आप इसमें लॉग पासवर्ड सिंग इन विथ लॉगिन आईडी डी लॉगिन आई डी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और सिंग इन राशन कार्ड नंबर आप राशन कार्ड को भी रजिस्ट्रे रजिस्टर करके आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ये सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यू यूज़र इस न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा इस फॉर्म को आपको फिल करना है तो इसके लिए हम आपको बताते हैं ये फ़र्स्ट नेम यहाँ पे आपको पहले अपना फ़र्स्ट नेम डालना है तो चलिए हम अपना फ़र्स्ट नेम डाल देते हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है इसके बाद ये लास्ट नेम लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है इसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर आपको कैलेंडर के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए इसके बाद जेंडर यहाँ पर आपको जेंडर पर सिलेक्ट कर लेना है मेल या फीमेल जो भी है उसके बाद लॉगिन आईडी यहां यहाँ पर आपको एक अपनी लॉगिन आईडी बनाना है तो कोई भी आप अपना नाम डाल करके लॉगिन आईडी बना सकते हैं उसके लिए आपको यहां पर जो भी आप यहां नाम डालेंगे तो ये चेक यूज़र ये चेक यूज़र पे आप चेक कर लीजिएगा अगर ये लॉगिन आईडी उपलब्ध है तो इस तरीके का राइट का निशान यहाँ पर आ जाएगा लग करके उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड डाल सकते हैं या आप अपना कोई एक पासवर्ड बना सकते हैं पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद ये कंफर्म पासवर्ड अब आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड आपने बनाया हो वो यहाँ पे आपको कंफर्म कराना है इसके बाद वैलिडेशन मोड इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे थ्रॉ यूडीआई आधार नंबर तो इसको सेलेक्ट ही रहने देना आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है इसके बाद स्टेट यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुनना है जहाँ से भी हो आप राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु जो भी आपका स्टेट हो वो आपको सेलेक्ट कर देना है सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्टिक सेलेक्ट करना है तो आप अपना यहाँ पर डिस्टिक सेलेक्ट कर दीजिए इसके बाद आपकी जो भी तहसील लगती है तहसील सेलेक्ट कर दीजिए उसके बाद विलेज जो भी आपका शहर हो आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना है इसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस एड्रेस यहाँ पे आपको भरने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड जो भी आपके शहर का हो वो पिन कोड भर देना है पिन कोड भरने के बाद ये आप जो कैप्चा देख रहे हैं इस पर फोर प्लस सेवन कैप्चा दर्ज कर देना है रिमार्क में आप कुछ भी अगर रिमार्क लगाना चाहें तो लगा दें वरना रहने दें इसके बाद टर्म्स एंड कंडीसन इस पर आपको एग्री करना है दोनों पर टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये नोटिफिकेशन नज़र आएगा आर यू सो वेंट टू प्रोसीड विद दिस डाटा तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है ओके पे क्लिक करते ही इस तरीके से ये लोडिंग लेगा तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और आप देख सकते हैं वन टाइम पासवर्ड ये आपके मोबाइल नंबर ले जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पर एक ओ आएगा तो उस ओ को यहां पे आपको दर्ज कर देना है ओ दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं सबमिट ओ टी इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद इस तरीके का फिर नोटिफिकेशन आएगा आपको ओके कर देना है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट यूज़र बता रहा है तो खैर कोई आईडीस पे बनी हुई नहीं है लेकिन ये अभी नई साइट होने की वजह से गड़बड़ कर सकती है तो आपको कई बार इसको ट्राई करना पड़ेगा और ट्राई करने के बाद ये आपको यूज़र आई और पासवर्ड ये आपको अपने मोबाइल नंबर पर भी भेज देगी और मेल पर भी भेज देगी तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं